दर्शकों नमस्कार स्वागत है आपका भाग विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विदास पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2019 का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी आप ये राशिफल किस पर रहता है लग्न पर रहता है कि नाम राशि पर रहता है कि जन्म राशि पर रहता है किस पर रहता है तो जो आपकी जन्म राशि होती है चंद्रमा आपके कुंडली में जिस घर में बैठे होते हैं उस पर ये आधारित है देशे द्रामे ग्रहे सेवा के नाम राशी जन्म राशि न चिंतक विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर है, है जन्म राशि प्रधानमंत्र नाम राशि न तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़े दर्शक को बताना चाहेंगे कि 20 व इक्कीस तारीख को इंदौर आ रहे हैं मध्य प्रदेश तो जो भी दर्शक इंदौर से हैं वो लोग मिल कर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा चलिए पर डाल लेते हैं कैसा रहेगा पंचांग छब्बीस दो हजार पचहत्तर सख संबंध उन्नीस सौ चालीस चल रहा है उत्तरायण चल रहा है, है।, है। शिशि ऋतु है चैत मास है कृष्ण पक्ष है और आज जो तिथि रहेगी ष्टी तिथि देखिए रहेगी इसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी देखिये हमने आपको कल भी बताया था कि षष्टी तिथि में किसी भी प्रकार की जो है तेल का प्रयोग मालिश वगैरह ये वर्जित रहता है और जो सप्तमी तिथि रहती है सप्तमी तिथि में विशेषकर आपको आंवले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है ना किसी को दान देना इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है इसमें सबसे पहले आता है तिथि वार नक्षत्र योग करर मंगलवार दिन रहेगा और नक्षत्र जो रहेगा अनुराधा नक्षत्र रहेगा इसके उपरांत ज्येष्ठा और अनुराधा शनि का नक्षत्र है इसके उपरांत ज्येष्ठा मूल नक्षत्र रहेगा और योग रहेगा देखिए दर्शकों सिद्धि इसके उपरांत व्यतिपात योग रहेगा करण की यदि हम बात करें तो करण इसके उपरांत वरिष्ठ करण इसके उपरांत करण रहेगा चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे जो वृश्चिक राशि होती है चंद्रमा की नीचे राशि होती है सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर ले तो छः बजकर पंद्रह मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त की बात करें तो छः बजकर अट्ठारह मिनट पर शाम को सूर्यास्त होगा चलिए दशक और काल की बात करते हैं एक ऐसा काल एक कैसा समय कि इस दौरान शुभ कार्यों को तो करना ही नहीं अगर आप लोगों ने शुभ कार्यों को कर लिया तो समझ जाइए उसमें कोई ना कोई बाधा आनी ही यानी है तो दोपहर पंद्रह बजकर चौदह मिनट से सोलह बजकर पैंतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा यह काल का रहेगा शुभ कार्यों को करने के लिए आप लोग अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिएगा ग्यारह से बारह बजकर का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों देखिए मंगलवार दिन रहेगा तो दिशा की बात कर लेते हैं मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो यात्रा करना तो आप लोग गुड़ खा करके यात्रा करिए और कोशिश कीजिए कि उसकी विपरीत दिशा में आप पहले पाँच कदम चलिए फिर यात्रा करिए ये प्रयोग दर्शकों जो हम आपको बता रहे हैं इसको आप लोग करिए अपनी दिनचर्या में लाइए फिर आप लोग खुद स्वयं इसका लाभ बताएंगे चलिए दर्शकों मेष राशि की ओर बढ़ते हैं हमारी जो पहली राशि आती है भजक प्रति जो है और मेष राशि के जातकों आज आपका दिन आध्यात्मिक दृष्टि से एक अच्छी अनुभूति कराने वाला जो है दिन रहेगा आज आपको गूढ़ और रहस्यमय विद्याओं की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी आज आध्यात्मिक सिद्धि मिलने का भी योग है वाड़ी पर अपने नियंत्रण करिएगा और आपके अंदर जो नफरत है उसकी भावना पर आपको कंट्रोल रखना रहेगा नए कार्य का प्रारंभ ना करें तो बेहतर रहेगा और यात्राओं को यदि स्थगित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को क्या करना रहेगा तो येलो कलर का आप लोग अधिक से अधिक प्रयोग करिए इसके साथ साथ दर्शकों जो मेष राशि के हमारे जातक हैं आप लोग आज सुंदर कांड का पाठ करिए बढ़ते हमारी अगली राशि वृषभ राशि की ओर तो राशि के जातकों तथा निकट के स्नेही जनों के साथ प्रसन्न वातावरण में आज आप रहेंगे घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं अल्प दूरी की यात्राओं का योग है विदेश में स्थित संबंधियों के समाचार से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा माँ लक्ष्मी की कृपा आज आप पर रहेगी आकस्मिक धन प्राप्ति का योग वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है और वृषभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं इनके पक्ष में आज कोई रिजल्ट आता हुआ दिखेगा या इनका आज कोई यदि पेपर है एग्जाम्स है तो उनके पक्ष में रहेगा इंटरव्यू भी आज इनके पक्ष में रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज आप लोग सफ़ेद परिधानों का प्रयोग करें सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करें यदि हो सकें नहीं कर सकते हैं तो आप एक रूमाल ही वाइट कलर के अपने पास रखें लेकिन रखिए जरूर दूसरा प्रयोग ये करना रहेगा कि आज हनुमान जी को आपको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना रहेगा और उसके बाद वो लड्डू गरीबों में बांटना रहेगा मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ फलदाई है घर में सुख शांति और आनंद का वातावरण रहेगा आज आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे और आज, आज आपको मान सम्मान और यश और कीर्ति प्राप्त होती हुई नजर आएगी आर्थिक लाभ भी मिलेगा खर्च की कुछ मात्रा बढ़ेगी लेकिन खर्च आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पूर्व की अपेक्षा स्वभाव में क्रोध की मात्रा आज बढ़ेगी वाड़ी पर संयम रखेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज आप लोग ऑरेंज कलर का अधिक से अधिक प्रयोग करिए दूसरा आज आप लोग राम रक्षा अच्छा के के रहे तो नहीं रहेगा शारीरिक रूप से पेट की पीड़ा आज रहेगी और मानसिक रूप से चिंता उद्वेग रहेंगे आकस्मिक खर्चों का वाद विवाद को टाले प्रवास तथा नए कार्य का, का। प्रारंभ टाल देंगे तो ठीक रहेगा उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज चांदी के पात्र में जल का से अधिक आप लोग सेवन करिए और हो सके तो आज हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए अधिक से अधिक रेड कलर का आप लोग प्रयोग करिए परिधान में भी कर सकते हैं और चाहे आप अपने बेड पर बेडशीट बिछा सकते हैं तो इन सब कलर का अपने जीवन में आप लोग प्रयोग जरूर लेंगे सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं नियो की ओर बढ़ते हैं कैसा रहेगा आज का दिन आज का राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए क्या कह रहा है तो आज आप शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से व्याकुल रहते हुए नजर आएंगे घर में स्वजनों के साथ कुछ गलतफहमी से मन उदास सकता है। माता के साथ मन मुटाव होगा तथा की चिंता रहेगी। सरकारी तथा संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों पर सही या जो है क्या कहते साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब करिएगा कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों में शाम तक आपको को कोई खुशखबरी या विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है उच्चाधिकारी सिंह राशि के जातकों से आज बेहद प्रसन्न रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज पका हुआ भोजन आप लोग गरीबों को खिलाएं तो अच्छा रहेगा और हो सके तो आज आप लोग सफ़ेद वस्त्र के परिधानों का प्रयोग करें कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कैसी रहेगी जो है कन्या राशि के लिए आज का दिन तो किसी भी कार्य में सोच समझ आगे बढ़ने का दिन है भाई बहनों के साथ प्यार भरा संबंध बना रहेगा मित्रों स्वजनों के साथ आज मुलाकात हो सकती है किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के संपर्क में आएंगे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की संभावना है आर्थिक लाभ की संभावना भी अधिक है समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी कन्या राशि के जातकों आज जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं इसके साथ साथ लगीज व्यंजनों का आज आनंद कन्या राशि के जात तक मिलेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए कन्या राशि के जात को आज जंक फूड से आपको बचना रहेगा और यदि हो सके तो हनुमान चालीसा का आज नौ बार आप लोग पाठ करिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं लिप्रा की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा तो साहब आज आपका मनोबल बड़ा कमजोर रहेगा इसीलिए इसे निर्णय पर आना बड़ा कठिन हो सकता है नए कार्य तथा महत्वपूर्ण निर्णय को आज यदि टाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा परिवार जनों के साथ भी बात विवाद हो सकता है तो परिवारजनों के साथ बात विवाद में ना पड़े तो ठीक रहेगा अपनी जुबान पर संयम रखें हठीला पर छोड़कर समाधानकारी रवैया अपनाने के सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं वहीं आज आर्थिक हानि का भी योग दिख रहा है खासकर के व्यापारी वर्ग को आज संतान पक्ष को लेकर कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे मन बड़ा व्याकुल रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग हरे रंग के परिधानों का प्रयोग करिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं चूंकि चंद्रमा आप की राशि में आज है नीच राशि में चल रहे हैं तो दिन तो देखिए मिला रहेगा ठीक ठाक रहेगा लेकिन आज आपके ऑफिस में आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है कोई आरोप लग सकता है लेकिन उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे आपके ऑफिस के आपके सहकर्मी जो हैं वो आज आपके खिलाफ कोई साजिश रचते हुए नजर आएंगे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा आज कोई भेंट या उपहार आपको मिल सकता है शुभ समाचार मिलेंगे और जीवनसाथी के साथ भी संबंध मधुर रहेंगे आज आप लोग खर्च अधिक होगा कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट भी परचेस करते हुए नजर आएंगे तो उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोगों को सुंदर कांड का पाठ करना रहेगा और बेसन के लड्डू हनुमान जी को चढ़ा करके गरीबों में बांटने रहेंगे हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है धनुराशि कैसा रहेगा धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन कुछ कष्टदायक रहने वाला है थोड़ा सा संभल कर यहाँ सितारे सलाह दे रहे चलने की परिवारजनों के साथ मनमुटाव के प्रसंग मिलेंगे स्वभाव में उग्रता तथा आवेश होने के कारण किसी से बात विवाद में ना पड़े तो ठीक रहेगा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है वाणी मोरताओं में आज आपको संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे आज वाहन से दुर्घटना हो सकती है तो वहाँ सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा धन का कुछ अधिक व्यय होता हुआ नजर आएगा कोर्ट कचहरी के प्रश्नों में सावधानी से कदम उठाइएगा अन्यथा हार हो सकती है व्यर्थ के काजों में शांति आज, आज, आज आपकी भंग होती हुई नजर रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए आज दिन आपका बिल्कुल भी बेकार रहेगा तो सबसे पहली बात विष्णु सहस नाम का आज, आज आप लोग पाठ करिए दूसरा येलो कलर का अधिक से अधिक उपयोग करिए तीसरा माता पिता के चरणों को जरूर स्पर्श करके तब घर से निकलिएगा और गुड़ खा कर निकलिएगा मकर राशि की ओर सिद्ध होगी सुप्रसंगों का आयोजन होगा स्त्रियों और पुत्रों का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है शेयर सक्टे में आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता मकर राशि के जातकों को होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज आप लोगों को गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ानी रहेगी और हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा कुंभ तो राशि के ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए तो आज का दिन आपका सफलतापूर्वक संपन्न होगा आज ऑफिस एवं व्यवसाय स्थल पर अनुकूल परिस्थिति का वातावरण रहेगा एवं बड़ी सफलता भी मिल सकती है उच्च पदाधिकारी एवं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आज मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे गृहस्थी जीवन आनंदमय रहेगा मान सम्मान में वृद्धि होगी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय रहने वाला है जो भी लोग अविवाहित है उनके लिए कोई विवाह का रिश्ता मिलता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज नीले रंग का आप लोग प्रयोग करिए और यदि हो सके तो आज मंगल स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आती है और मीन राशि पर आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों बीस और इक्कीस तारीख इंदौर आप लोग प्लीज अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए हम बार बार इसलिए कहते हैं हमारा इसमें देखिए कोई विशेष लाभ नहीं है जो फीस है वो तो है ही है लेकिन बाद में जो फ़ोन आते हैं ना जब हम वहाँ पर रहते हैं और फिर मना करते हैं लोगों को कि सर प्लीज़ अब अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल पाएगी ऑफिस से हमारे लोग मना करते हैं तो बड़ी पीड़ा पहुँचती है तो पहले आओ पहले पाओ के तर्फ पर ही सीटें फुल रहती हैं और एक दिन में बहुत अधिक लोगों से नहीं मिलते भी हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें तो मीन राशि के जातकों मन में व्याकुलता एवं अशांति के एहसास के साथ आपके दिन का प्रारंभ होगा शारीरिक रूप से आज, आज आपको थकान का अनुभव होगा उच्च अधिकारियों के साथ संभल कर कार्य करने की सितारे सलाह दे रहे संतान के विषय में चिंता सताएगी व्यर्थ ही खर्च होगा प्रतिस्पर्धियों के साथ बात विवाद डालिएगा पेट संबंधी व्याधियों के योग बन रहे भाग्य प्रतिकूल तो आज, आज आपका होगा आज विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा देखिए नहीं रहेगा कोई रिजल्ट इनका नकारात्मक हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप लोग यदि हो सके तो हनुमान अष्टक का पाठ करिए सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिए ये तीन पाठ आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा और जल में एकजुट की हल्दी डाल करके जरूर स्नान करिए दर्शकों कैसा लगा हमारा राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो में शेयर का ऑप्शन है इस वीडियो को शेयर करिए कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब और बगल में बना बेल आइकन ये जरूर दबाइए दीजिए अपने ज्योति भाई मित्र को इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार